जरा गौर से देख जमाना जमा है कि जरा गौर से देख सिर्फ तू ही नहीं जमाना जमा है और रंग रूप पे गुरु मत कर पगली सूरज ढल जाता है तो दो चीज ही क्या है किसी पर दिल खोल के मर लूं इतना वक्त कहां है के चोट लगे और आंखों में पानी भर लूं इतना वक्त कहां है किसी पर दिल खोल कर मर लूं? इतना वक्त कहा है अभी तो मां बाप का एक भी सपना पूरा नहीं हुआ तुम कहते हो आराम कर लूं? इतना वक्त कहा है okay. जब सब सो रहे थे wow.